ये ये तो स्कूल वाला रिशव है कितना है है है हो गया इधर ही आ रहा है। लगता है पहचान लिया अब ना फिफ्थ साथ बैठे थे और मैंने तो एक बार इसका पेट भी मांगा था हाय बोला मैं क्या बोलू कुछ भी बोलहा बैठे थे ना साथ वो बता दे नहीं नहीं नहीं टेथ स्टैडर्ड वाली बात बता दे फिफ्थ स्टैडर्ड वाली बात बताओ यार टेथ स्टैडर्ड फिफ्थ स्टैडर्ड टेथ स्टैडर्ड फिफ्थ टेथ फिफ्थ टेथ स्टैडर्ड फिफ्थ स्टैडर्ड टेथ स्टैडर्ड फिफ्थ स्टैडर्ड टेथ स्टैडर्ड आई हैव स्टैडर्ड